हाई हेलो असलकुम नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे है सब लोग मैं मत करती हूँ सब ठीक होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्रीन जूस सो बिफोर नोइंग First of all we need palak handful of palak and second one apple half apple and third one one large cucumber and next ingredient is coriander dhaniya patta leni hai handful and aapke paas dhaniya patta nahi hai to to aap mint le sakte ho pudina नेक्स्ट इंग्रीडियंट ये है कि लेमन हाफ लेमन और उसके बाद अदरक यानी कि जिंजर थोड़ा सा इंच जिंजर लेनी है लेट स्टार्ट हमको लेनी है हैंड फुल ऑफ पालक यानी कि स्पिनाच हैंड लेनी है एक ब्लेंडर में डालनी है और उसके बाद मैं ले रही हूँ कुम्बर वन लार्ज कुकुंबर ले रही हूं बस उसके बाद में ले रही हूँ कुरियंडो धनिया पत्ता हैंडफुल ऑफ कुरियंडो ले रही हूं तो so, इसके बाद लेनी है हाफ एप्पल सो नेक्स्ट इंच अदरक लेनी है जिंजर हाफ अमन जूस लेनी है सो लेमन एंड जिंजर यूज करने से यू कैन फील द गुड टेस्ट सो एज यूजल लेमन यूज करने से और जिंजर यूज करने से आपके वेट लॉस बहुत फास्ट होगा सो फाइनली हाफ ग्लास और वन ग्लास वाटर यानी कि पानी एड करनी है जार में और डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड करनी है सो दिस जूस इज़ नॉट ओनली फॉर वेट लॉस इस जूस पीने से आपके हेयर बहुत ही हेल्दी होगा और इसके साथ आपकी स्किन बहुत ही ग्लो लगेगा और फैट धीरे धीरे आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है सब कुछ धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और इस जूस को कब लेनी है किस तरीके से लेनी है इस जूस को आपको डिनर के टाइम पर मतलब डिनर को रिप्लेस करनी है इस जूस से डी नो वाट डिनर बिफोर सेवन आपके डिनर कंप्लीट करने से आपको वेट लॉस हंड्रेड परसेंट होगा जब भी आप इस जूस और जो भी आपके डिनर हो सेवन के अंदर ही लेनी है सो इस जूस को भी आपको डिनर टाइम पे लेनी है जैसा कि बिफोर सेवन लेकर देखो हंड्रेड परसेंट आपके वेट लॉस होगा और बहुत ही हेल्दी है नो साइड इफेक्ट्स नेचुरल ग्रीन जूस एट होम आपको चाहिए तो लंच में भी ले सकते हो लंच को भी रिप्लेस कर सकते हो और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आपको इस वीडियो पसंद हुआ तो लाइक ज़रूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना आप न्यू हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच बाय बाय